पीछे पीछे नहीं फिरा जाएगा चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े अजी जो भी हासिल करेंगे अपने दम पर चाहे अपने मुकाम को कितना ही लेट करना पड़े और किसी को इतना फालतू तो नहीं समझो दोस्त कि उसकी फालतू तो लिस्ट में आने के लिए भी तुम्हें वेट करना पड़े।